दोस्तों बड़ी खुशखबरी की बात है यार कि नीरज चोपड़ा जी ने हमें एक गोल्ड मेडल फिर से दे दिया बहुत सालों के बाद में किसी अच्छे काम के साथ में हमने देखा कि यार कुछ मतलब स्पोर्ट कोटे में भी और हमें गोल्ड मिला है और कभी कभी मेरा भी दिल करता है यार कोई क्रिकेटर ही बन जाओ या फिर कोई गिल्ली डंडे की बिना खेलने लग जाओ अगर गोल्ड इंडिया को दे रहे हो तो बहुत बहुत ही बड़ी बात होती है मैं इतना हैप्पी हूँ इस चीज़ को सोच के या देख के क्या ही बताऊँ कि मतलब मेरे मुझे अल्फ़ नहीं निकल पा रहे हैं मैं सारी चीज़ें क्लियर नहीं बोल पा रहा बड़ा अच्छा लगा कल के दिन में मैंने सात तारीख़ सात अगस्त मतलब पंद्रह अगस्त के कुछ दिन पहले ही इन्होंने इतिहास रच दिया अपने इंडिया के हिस्ट्री में भी इन्होंने अपना नाम दर्ज करा दिया उसके लिए थैंक यू सो मच नीरज चोपड़ा जी और मैं बहुत खुश हूं आपसे और पूरी इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए ऐसे लोगों को और इस्पोर्ट कोटे में भी हर एक इंसान का सपोर्ट करना चाहिए थैंक यू आई एम वेरी हैप्पी